जी, तो <laughs> okay. Okay, जी जी जनाब जनाब तो तो वी वी आर आर बैक बैक विद आवर न्यू वीडियो वीडियो और और आज आज हम हम रिएक्शन करते हैं ओके रिएक्शन करने जा रहे हैं राइड ऑन का जैकी जैन किया काफी टाइम बाद मूवी आ रही है और ये चाइनीज़ में है ना Jackie Chan का तो इंट्रोड्यूस ही करना Jackie Chan ही है जो उसकी मूवीज होती है एक्शन कॉमेडी जो जनरली आई थिंक जो जॉनरा है ये यूज़ ही इन्होंने कहते हैं इंट्रोड्यूस ही उन्होंने करवाया Jackie Chan ने करवाया और हम इनके फैन हैं बचपन से जो आज से जो भी मूवी देखते आ रहे हैं उसमें सब में इन्होंने इंटरटेन की और जबरदस्त रू मई अब ये लेकिन चाइनीज़ मूवी है क्योंकि अब इन्होंने हॉलीवुड मूवीज़ नहीं कर कहते क्योंकि मुझे सेम तरह की मूवीज़ ऑफर कर रही थी उसमें सेम सेम रोल मुझे दी रहे थे ये वो वगैरह चाइनी एक्शन कॉप वो सुपर कॉप ये वगैरह ऐसी तरह की मूवीज आ रही बार बार सिक्रटेज क्योंकि ये यही तो है वो जैकिजैक लेकिन तो एक वो एक इमेज बन जाती हाँ। है ना बंदे की हाँ। हैं, दिफर्ण दिफर्ण वो वह मैं डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स करूँ मैं ड्रामा करूँ ये वगैरह सो तो बार वो वैसे ही अपने कैरेक्टर कंट्री तो को सपोर्ट करना चाहते हैं तो चाइनीज़ मूवी में ही आ रहे हैं चाइनीज अपनी ना खुद उसकी प्रोडक्शन की अपनी उसी में चाइना में ही मूवीज़ पर बना रहे हैं बारह अब देखते हैं क्योंकि देरी करते एक्साइटमेंट मुझे बहुत है काफ़ी टाइम बाद मेरे को टेलर देख रहा हूँ जैकि चैन मूवी का बहुत अर्सा हो गया जैकि मैंने कोई मूवी नहीं देखी आई थिंक उनको ही होगा जो बड़ी मूवी थी लास्ट उसके बाद वो ब्लडिंग स्टील थी नहीं। एक दो लेकिन वो कोई भी चीज में कभी कोई भी नहीं है कभी कोई भी नहीं है बहरिया स्टार्ट करते हैं <laughs> भाई। ये तो वाली है करती है घोड़े के राउंड वाह <laughs> यार ंग लग रहे हैं बिल्कुल <laughs> <laughs> क्या बात है इसमें यार जैकिट चैन गया।, गया, गया भाई गया यू आर डेड ब्रदर का यार यद लेवल है कसम खुद टीजर है ये नहीं ट्रेलर ऑफिशियल ट्रेलर, ट्रेलर टू है बहुत जबरदस्त है बहुत जबरदस्त है इतनी एज में ऊपर से कुछ लग रहे हैं इतना यंग लग रहे हैं और वो कहाँ पे वो क्या कहते हैं क्या कहते हैं वो स्काई व्हील पे चढ़े हुए हैं वहाँ पे इतने जबरदस्त लगे उसमे एक्शन चल रहा है फुल फुल एक्शन चल रहा है ज़बरदस्त मूवी और ये वो लग रही है कि वाइब आ रही है कि यार उनकी जो पुरानी मूवीज हम देखते रहे हैं ना उस तरह की काफ़ी वाइब आ रही है घोड़े की भी जबरदस्त लग रही है तो ये जो ये ना ऐसा अच्छा हाँ। कोई भी ऐसी चीज़ कोई फेक नहीं लग रही है अब पता नहीं उसमें कितना सच है कितना है लेकिन लक्की चैन तो ऐसे अपने खुद ही करते हैं अपने उनके अक्सर स्ट्रेंड्स प्रैक्टिकली होते हैं बहुत ज़बरदस्त लग रही है मुझे मैं कहता हूँ गए तो बहुत इंसायर करूँ बहुत हाइप हो गई है कि भाई जैके चैन को दोबारा मैं इस अवतार में देखने की मिल रहा है वर्डा वो थोड़ा वैसे रुक रहे थे लेकिन उन्होंने वो कहते हैं ना कि फुल कम हो रहे हैं क्योंकि अब तो उनकी वैसे वो भी आ रही है रश आवर फोर भी बन रही है उसकी भी कंफर्मेशन दे दी गई है जिसमें दोबारा आएंगे क्रिस रॉक के साथ वो लेवल हो जाएगा कुछ सीन ठीक है बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा ओहो हो बहर आप बताएँ कमेंट्स में वो कैसे लगा ट्रेलर आपको ये वाला मुझे बहुत ज़बरदस्त लग गया है। कहते हैं लेवल हो गया और बहुत एक्साइटमेंट इसके लिए आ चुकी है नहीं। बता नहीं सकते बे इनतहा क्यों नहीं भाई ऐसा ऐसा ही ऐसे ही।, मारे है, चार, चार ही है ही है हमारे जो कहते हैं चाइल्ड चाइल्डहुड हीरो हैं हमारे स्टार हैं जाकि जैन ने बचपन बनाया बड़ा कंट्रीब्यूशन है उनका हंसाया ये वगैरह और एक ना इनको देखकर दिल लगता था मार्शल आर्ट्स की वो चल जाती ठीक है सीखने के लिए कलाटे चराटे ये वो वगैरह सीख के और क्या बहुत जबरदस्त हो गया था आपको आपको आपको कैसा लगा कमेंट्स में बताएं जैसे मैंने पहले कहा हमारे चैनल को को को सब्सक्राइब कर दें दें लाइक करें करें शेयर और और दबा दबाएं दबाएं ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट्स मिल सकें। मिल सके ठीक है तब तक के लिए अपना ख्याल रखें रिजक्शन आपसे मिलते हैं